हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की एनालिसिस देखते हैं तो दोस्तों आज हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है तो गुजराती नववर्ष को बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है जो कि कांतिक महीने में मनाया जाता है अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत उन्नीस में किया गया था इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना से प्राप्त किया जाता है इसी तरह अगला क्वेश्चन है विरासत अधिकार का परिणाम क्या होता है विरासत परिणाम का आधार परिणाम भूमि के विभाजन से होता है एक थोड़ा तब टफ क्वेश्चन था एक पूछा गया था उन्नीस सौ में पद्म भूषण और दो तीन में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है तो इसका राइट आंसर होगा सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी शासन से संबंधित है एक क्वेश्चन विटामिन से था विटामिन बी का रसायन नाम क्या है विटामिन बी का रसायन नाम थामिन है हो जाएगा एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन था कि अक्टूबर दो को मेघालय के राज्यपाल की अतिरिक्त प्रभार किसे किसने ग्रहण किया है तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मेडी मिश्रा उसे ही मेघालय के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है संत श्री मंत शंकर देव की शस्त्र नृत्य शैली के जनक हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा सतरिया जो कि असम का है क्लासिकल डांस इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है ठीक अगर इसी तरह एक और करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ था आप जानते हैं कतर के पांच स्टेडियम में खेला गया है जिसमें से कुल बत्तीस टीमें भाग ली थी एक हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब और कितने मांगों पर हुआ था तो पाँच मार्च उन्नीस को गांधी जी समझौता हुआ था जिसमें ग्यारह मांगों को स्वीकारा गया था और एक क्वेश्चन था मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है तो मोहन बगान ग्राउंड स्टेडियम कोलकाता में है जो इसकी स्थापना अठारह में किया गया था इस तरह की हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीस किसके राजदूत थे तो आप जानते हैं कि जो मैगस्थनीस था वो सेल्युकस प्रथम का यूनानी राजदूत था तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहता है तो महाभियोग महाभियोग कहलाता है जिसे कि यूएसए के संविधान से लिया गया है एक क्वेश्चन था कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्र योजना का क्या नाम है तो मधुमक्खी पालन के लिए स्वीट रेवल्यूशन योजना है सर्वाधिक लिंगानुपात किस यूटी का है तो यूटी की बात करें तो यूटी में पुडिचेरी आता है जिसपे एक हज़ार पुरुष पे एक हज़ार सैंतीस महिलाएँ हैं और आखिरी क्वेश्चन हम पोलिटिक्स से ही है संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है तो ये आर्टिकल तीन सौ पंचानवे हो जाएगा दोस्तों आज क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं अगर आपको भी इसी तरह तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन अगर आपको इसी तरह अगले सिप की भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं वीडियो अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत